हेलो फ्रेंड मैं सचिन फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फोन पे से लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता फ्रेंड आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे उसमें बताते हैं कि फोन पे से ऐसे लोन लें इस तरह से लोन लें फ्रेंड्स की क्या रियलिटी है वाकई में फोन पे से लोन मिलता है नहीं मिलता है क्या प्रोसेस है ये फ्रेंड मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड फ्रेंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ोनपे से लोन कैसे लें फ्रेंड आप फ़ोनपे पर जाएँगे नीचे आएंगे यहाँ फ्रेंड एक ऑप्शन आता है लोन रीपेमेंट फ्रेंड मैं आपको रियल में बता दूँ पे किसी भी टाइप का कोई लोन नहीं देता ये फ्रेंड ये ऑप्शन लोन रीपेमेंट का है आप क्लिक करेंगे अगर आपने इन कंपनियों का लोन लिया हुआ है तो आप फोन पे के थ्रू इनकी किस्त को जमा कर सकते हैं उस लोन को चुका सकते हैं फ्रेंड आप यहाँ लोन रीपेमेंट पर जाएंगे यहाँ फ्रेंड ये यह जितनी भी कंपनी शो ऑफ होती हैं अगर आपको लोन देना है तो आपको इनमें से किसी पर भी जाकर इनकी ऐप को इंस्टॉल करना होगा उसके बाद आप लोन के लिए फॉर्म भरके अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड फोन पे का लोन के साथ कोई लेना देना नहीं है